हेलो आज की वीडियो बहुत ज्यादा सॉलिड होने वाली है एक्चुअल में आज हमारे साथ है अज्जू भाई दी लेजेंड एंड वर्सेस किससे होने वाला है आप सभी को पता है राइस्टार आज का क्या ही महा क्लैश होगा अज्जू भाई ने यहाँ पे राइस्टार को औकात की बात कर दी थी यानी चैलेंज कर दिया था और जो ही यहाँ पे सुअर भरा है राइटार ने मतलब क्या ही वीडियो के आज आपके सामने राइट स्टार जिससे आप बहुत डरते हो आपकी चड्डी फट जाती है हैं ऐसा <laughs> तो नहीं होता है कभी भाई सब तुम्हारा डायलॉग है ना तुम्हारे सामने में हूँ तुम डर जाते हो और नहीं नहीं किसको पकड़ के के लेके आए हो हो से ना होता है है अरे अरे अरे अभी देखना उसका प्ले देखना उसका ही बस आप जाओगे भाई मेरे मेरे पास एसी खुद का पड़ा हुआ है। मेरे को होने की जरूरत मुझे मतलब अज्जू भाई को देखते अज्जू भाई की फैन हो गई राइटार को छोड़ दिया इज़ द लेजेंड प्रो <laughs> और अज्जू भाई हमेशा सबको चिमकांडी चिमकांडी बोलते रहते हैं मैं तो नहीं बोलता ऐसा कुछ भाई तुम तुमको मैं बोलता हूँ किसी और को चिमकांडी नहीं बोलता हूँ यार ओ भाई। मतलब राइ स्टार को चिमकांडी बोलते अज्जू भाई शर्म नहीं आती आपको मौली तुम बताओ कौन जीतेगा ऑल अराउंड इजी पीजी से जाओगा, मेरे मेरे को को पता है कैसे खेलना इस पे। मार। खास चलाने नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा बॉडी बॉडी बॉडी बॉडी क्या क्या खेलते खेलते हो? अरे बोड़ी बोड़ी क्या हो? अरे ज मॉली हेड चैलेंज हेड चैलेंज कर रही हो अब भी लो दिखा देता हूँ मैं आज दिखा दूंगा लो निकल ली फुर्सत में निकल लो देख लो राइस स्टार है राइस स्टार भाई यस, यस। इस तार? इस तार। भाई। बिल्कुल नहीं सकते। का तो मेरी फैन हो गई। ना, ना ना ना ना ना, ना, ना, ना, ना राष्ट्र मतलब राइश्टर मतलब क्या राय और उसका स्टार मतलब का राय मतलब मतलब क्या होता है वो भरता होता है ना वो भाई मतलब मतलब मतलब भरता भरता भाई क्या ये बेनती हो रही है अज्जू भाई तुमने तुमने मुझे अरे हाँ। मेरे नाम का मेरे नाम का कोई मतलब बताओ ना यार बहुत बढ़िया मतलब बता रही <laughs> हाँ अज्जू भाई के नाम का मतलब कोई बताओ मौली अज्जू भाई नाम का कोई मतलब बताओ अज्जू भाई के नाम का ओ भाई हेड पड़ा था यार ये क्या है ये तो चीटिंग है यार मतलब अज्जू भाई क्या है आप कौन सा हैक लगा के आते हो जो मैं आपको कभी जल्दी हेड नहीं ओ भाई बूम बूम फूट गया अजु भाई भाई भाई भाई फूट फूट गया गया अज्जू अज्जू अज्जू अज्जू बोलो किसकी फैन हो तुम? किसकी फैन फैन हो हो तुम क्या हुआ <laughs> भाई अरे दे? मेरा ने, है समझता हूँ तुम्हारे फीलिंग्स को बस रुके रहो यारे नाना मेरी बात सुनो मतलब, पीड़ों लोगों क्या होता है? क्या? मतलब कुछ तो अरे नमक खराब नालायक हो तुम मेरे साइड तो अभी उसके साइड ये भगवान आए इस समय किसी में भरोसा करने लग नहीं आ जाओ भाई आज तो तुम्हारी राइट चरबी निकाल देगा चरबी जिसे बोलते है ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या बोल रहा हूँ मतलब कुछ पता ही आरे आरे नहीं चल रहा मौली मेरी तारीफ करो मैंने मेरे साइड आ जाओ तुम अब मुझे धोखा दे रही हो तुम ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई क्यों भाग जा रहे हो बात ये क्या कर रहा था मैं? ये क्या कर रहा था अज्जू भाई चांस आपने गवा दिया मुझे मारने का अब आप नहीं मार पाओगे ओ भाई ओ भाई, मारो मुझे मारो मारो मुझे नुए, मारो नुए, मारो, उ... मारो तो मतलब है क्या था अज्जू भाई ये उसको दोनों का फैन बनाया लगता है भग गई मौली डर के मारे भग गई ना ना सर एक्चुअली क्या है ना की मैं नाई आपका फैन हूँ मैं अज्जू भाई का फैन हूँ ओनली अमित भाई का फैन हूँ अमित भाई वही <laughs> <laughs> हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, तो ओनली अमित भाई और ज्ञान गेमिंग बस ओनली इन दोनों ज्ञान भाई को भी याद रखा इन्होंने दुआ में वही तो एक साइड नहीं एक साइड से अज्जू भाई की टीम को सुना है और एक साइड से राइट को चुना है बहुत चालू हो तुम तो मौली ओ भाई क्या हाँ। ही मार रहे यार अरे ना बिकॉज़ ना, ना, ना, देखो बिकॉज़ देखो अगर मैं के अगर तो अज्जुभा मतलब आप बुरा मान जाओगे अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो अज्जुभागे दोनों जादूगर है हो हो, बहुत चालू देख लो अज्जू भाई आजकल के बच्चे तो क्या ही चालू पंथी करते हैं तुम जैसे बुड्ढों को फेल कर देते हैं यार क्या यार्जू भाई क्या बकवास कर रहे हैं मैं से बुड्ढा दिख रहा हूँ यार मैं भी पंद्रह साल का हूँ छोटा सा बच्चा नुनू सा कितना छोटा हूँ यार अरे भूलो मत मेरे पास आपकी फोटो पड़ी हुई है भाई अभी मैं क्या होगा ट्वेंटी मिलियन देखो वैसे भी अज्जू भाई क्या सोशल मीडिया में बहुत सारे फोटो पड़े हुए आप अगर लिख भी कर दो ओ भाई भाई, भाई देख लो, देख लो, अगर गेम अगर ये राउंड उन्होंने जीता समझ लो हैक यूज करके आये मुझसे वो तो खुल्लम खुल्ला बोल के गए मौली तो देख लिया उन्होंने क्या है देख रही हो ना तुम कौन सा हैक यूज कर रहे हैं जल्दी से मुझे बताओ मैं भी यूज कर लेता हूँ वही वही आपके पास पास पास जो हैक हैक हैक हैक हैक है है उसके भी भी भी ओ भाई मतलग, भाई भाई मतलब के पास हैक भी आ गया यार भाई इतने इतने रिच प्लेयर प्लेयर हैं हैं हैं प्रो रह, हैक भी ले सकते ना, मौली? ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना ना ना देखो आपने वो सेम सेम है, उन्होंने भी हैक लिया बट थोड़ा की स्कीन अलग अलग है भाई भाई ने ने। मार दिया। पक्का है भाई ने। पक्का है है, वो है, है, है, है, है, क्या बोल रहा हूँ मतलब अज्जू भाई, भाई आज मैं तुम्हें अरे यार ये किस फोन पे कह रहा हूँ ना एक दूसरे फोन पे कह रहा हूँ इससे मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रहा है बस कोई बात नहीं देखो देखो मौली मौली कितने बहाने बता रहे अज्जू भाई पीसी पे खेल रहे हैं फिर बोल रहे हैं मैं फोन पे खेल रहा हूँ क्या ही वाई, वाई, वाई, वाई, वाई। वाई, मैं वाई ना तो सी वही तो क्या ही झूठ बोल रहे है वाँ, वाँ। वाँ। आज वाँ। मौली आज मौली जानते राइटार से हार रहे है ना इसलिए इसलिए ये ये बहाने बता रहे हैं इनकी बेस्ती ना हो जाए यू you नो know? अरे कुछ कुछ फिर नहीं है यार तुमको मैं बोलता हूँ रात में लड़के दिखाना यार रात रात में मैं में मैं यारूंगा नहीं, नहीं, यार। नहीं रात में क्या नशे करके आते हो सस्ते नशे अरे उसकी कोई बात ओ नहीं है वो रात में मेरे को अच्छा है वो मेरा हाथ बैठ जाता है अच्छे से ओ हो हो ऐसी बात है ना ना ना ना ना, ना, ना, ना मैं मान दू तो मेरा हाथ पिछले बहुत खराब है बट अब जब भी बोलोगे उसे मोल तुम मुझे मार रही हो मौली क्या क्या मौल, मौल, आ रहा है मौले तुम तो भाई को मार खिला रही भाई से बोल बोल के मुझे एक भी बार नहीं बोला कि अज्जू भाई को खूब मारो सुवर भर दो उनका पेल दो भाई। ना तो रा रा, कैसे बताऊं ना सुनो मैं कैसे बोलूं कि सुवर भर दो आप तो उनको डैमेज आपको एक बोली का छोड़ रहा है तब तो मैं बोल रही हूँ Oh भाई। छोड़ो ना मैं oh नीचे नीचे के के, नीचे आके आके लड़ोगे लड़ोगे फिर ऊपर आना पड़ेगा ये बताओ ओके yes, तो okay, थोड़ा सा रुको जरा सबर करो धोखा <laughs> <laughs> मतलब गाइस भाई क्या क्या चिमकांडीगिरी कर दिया ओ भाई तो भाई, तो भाई साहब खत्म कर दिया ये ये, ये अज्जू भाई नहीं माफ करेंगे अजु भाई अजु भाई अजु भाई अजु भाई अजु अजु भाई अजु भाई भाई यही पे दिख गया था अपना ग्लू होल हटाओ यार फंसा डाला तुमने अब बोलो अज्जू भाई अज्जू भाई आज कोई डायलॉग सुना दो एक मौली के लिए मौली के लिए एक बोल दो कुछ कुछ भी बोल दो अज्जू भाई।, भाई तुम बोडी शोट ही दे सकते हो भाई, ओ, भाई। साले को उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो कहते हेड भाई आ, ने अपना। अब अज्जू भाई को, को इनकी औकात दिखाने की बारी आ गई अज्जू भाई इस राउंड में चैलेंज लग जाए टेन टेन थाउजेंड डायमंड दस हजार में कितने डायमंड वो तो तुम्हें पता नहीं है और तुम चले चैलेंज लगाने का भाई गजब लब, बात है यार मतलब ऐसी बेइज्जती करोगे अज्जू भाई ना ना ना न न नो नहीं, आप ये वो नहीं हो, कि दस पे कितने होते वो आपको नहीं पता चला दे होते अरे इनसे पूछता हूँ दस हजार में कितने शून्य होते हैं तो ये पूछते शून्य मतलब क्या होता है अरे दस हजार का मतलब दस हजार में होते होंगे दो दो होते होंगे दो जो भी शून्य होता है हाँ। मैं मैं दे दूंगा जितने मेरे को पता है मतलब जितना तुम्हें पता है शून्य उतने मैं तुम्हें दे दूंगा जितना मुझे पता है तुम मुझे उतने शून्य दे देना ओके ओके ओके आ जाओ इस राउंड में आपको मैं अपनी दिखा देता हूं चाहे आप जो कर लो आज मैं जीतने नहीं दूंगा अज्जू भाई मेरा नाम है अरे भाई वही तो सीन है गलत सीन हो गया मेरे साथ मेरा वो क्या नाम है ही ही नहीं लगा यार क्या क्या मैं भाई, अजु भाई, अजु भाई। मौली के के लिए लिए कुछ हो हो जाए मौली के लिए। आप आप अपनी तरफ से सुना दो आप क्या ही लेजेंड हो। मे, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है कुछ भी बना दो ना अरे तुम भी गजब के बात करते हो हलुआ है क्या कुछ भी बना दो अंजू भाई ऐसे गुस्सा करोगे ना ना, ना, ना ना मुझे खाना है कुछ बना के दो मेरे लिए कुछ बना के दो मुझे खाना है। ओ भाई को खाना है। <laughs> देख, देखो मौली मौली अज्जू <laughs> भाई की फट गई एकदम से गीली पीली हो गई राइ स्टार के सामने क्या ही कुत्ते की मौत मैंने हेडॉट दिया है अज्जू भाई आए थे सोनी का भाई भाई दिया था <laughs> मैने भी दिया है भाई मौली बताओ, है है मौली बताओ बताओ तुम नहीं बोल मेरे टाँपे, मेरे टाँपे नहीं बोल बोल रही रही हो मेरे मेरे टाइम टाइम पे पे अज्जू भाई की चापनूसी कर रही हो मौली धोके बाद खत्म बाय बाय टाटा। भाई। भाई। कोई दिल नहीं देगा तो मैं दे अज्जू भाई नंबर के चलो अज्जू भाई तुम नूर चिंता सब और निकल लो सब लोग यहाँ से निकल लो क्या ही? अरे मेरे... भाई सुन रहा मेरे तरह से बोला ना तू तो मेरे से एक बार रात का चैलेंज कर रहे हैं यार तू हार जाएगा रात में हो भाई ये बात है ना नोला ना कि रात मतलब इधर मतलब मतलब क्या हजार भेजती कर रही है भाई भेजती नहीं है यार एक तरफ ऐसी तारीफ है बिकॉज अब इतने महंगा तो सिर्फ एक ही पीस लगता है ना जिसके पास भाई भाई दस हजार का सुट्टा मार के आते है साहब क्या ही बात है जो आपको समझना है समझिए बट यहाँ पर आने के लिए okay, बाँ बाँ बहुत बहुत शुक्रिया अपन लोग का बहुत बेस्ट होने वाला अभी okay? येस, येस, बाँ बाँ बाँ बाँ है अभी गुजरात में अपन लोग खेलेंगे ओके यस यस अजी भाई बाय बाय